कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन पहुंचेगी जिसमें कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा भी शामिल होंगी वहीं सोनिया गांधी के मध्य प्रदेश आने की खबर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अलग उत्साह देखने को मिल रहा है कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी मध्य प्रदेश आएंगी जहाँ वे इंदौर और उज्जैन से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती है उनके साथ प्रियंका वाड्रा भी अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश प्रभारी पीसी शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के आने के संकेत मिले हैं उनके आने से नई ताकत मध्य प्रदेश को मिलेगी उन्होंने कहा 2023 में 114 नहीं एक सीटें जीतकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे प्रियंका गांधी तो आएंगे सोनिया गांधी भी आएंगी, पूरा देश जुड़ गया है तो मध्य प्रदेश में उनके आने के संदेश मिले तो निश्चित इंदौर उज्जैन के जो क्षेत्र है महांकाल जी का दुनिया प्रसिद्ध मंदिर भी है तो निश्चित तौर तो पर इस क्षेत्र में आएंगी वो और एक नई स्फूर्ति नई ताकत मतलब इस कांग्रेस को मिलेगी और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में 114 नहीं है वो एक से ज़्यादा सीटों से